ईश्वर को सबसे पावरफुल मानता है तो कोई साइंस को समाज में दो अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो अलग अलग मानसिकता के होने के कारण साइंस और ईश्वर में भेद पैदा करते हैं दुनिया में हमेशा से ही इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई में इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है क्या ईश्वर का स्वरूप इसमें मौजूद है क्या वाकई में एक ऐसी ताकत है जो इंसानी जीवन की हर क्षेत्र में दखल रखती है जिसे आम भाषा में ईश्वर कहा घूमती है, है।, तो है? है इस धरती का जन्म कई अरब वर्ष पूर्व हुआ था समस्त ब्रह्मांड का बिग बैंग के फलस्वरूप हुआ इन सारी बातों की जानकारी हमें विज्ञान ने दी है विज्ञान ने हमें संसार के सच से रूबरू कराया है विज्ञान ने हमें दुनिया के जन्म के बाद के सारे रिएक्शन को बताया है पर विज्ञान इस बात पर लड़खड़ा जाती है कि इस धरती की बंजर भूमि पर पहली बार जीवन के सूत्र कहाँ से आए इस ब्रह्मांड का जन्म क्यों हुआ क्या कारण था जो ब्रह्मांड का जन्म हुआ हमें ये तो पता है की समूचे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ बायोलॉजी से हमें यह भी पता चलता है कि जीवन की ये पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं? पर क्या ये अगर सारी वस्तुए ब्रह्मांड में स्थित है तो ब्रह्मांड किसमें स्थित है ये सारे अनुसुलझे रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है बिग बैंग के पहले तारे सितारे ग्रह नक्षत्र प्रकाश क्रिया प्रतिक्रिया आदि कुछ भी नहीं था सिर्फ थी तो वो थी शून्य अवस्था तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ शून्य था तो बिग बैंग थ्योरी से पहले इतना सारा मटेरियल आया कहा से और फिर वही शून्य अवस्था इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में कैसे तब्दील हो गई ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है जिसे विज्ञान लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहा है साल 2008 में एक व्यक्ति ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए बात उस समय की है जब हॉर्वर्ड के एक साइंटिस्ट इबेन को ब्रेन डेड की वजह से तकरीबन एक हफ्ते तक कोमा में रहना पड़ा उनके कोमा में जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनके बारे में कहा कि भले ही उनकी सांसें चलती रहे लेकिन उनका ब्रेन पूरी तरह ऐसी डेड है और अब ये सिचुएशन जीवन भर रह सकती है लेकिन जब वो व्यक्ति एक दिन अचानक कोमा ऐसी बाहर आया तो उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए उस व्यक्ति ने कहा, बीच का अनुभव किया। अगर देखा तो विज्ञान और भगवान के बीच कोई आपसी टकर नहीं है दोनों अपने अपने यथास्थान पर स्थित है अगर हम अपनी सोच का स्तर थोड़ा ऊंचा करके देखेंगे तो हम पाएंगे की विज्ञान और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ विज्ञान प्रामाणिक आधारों पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है तो वही ईश्वर अध्यात्म धर्मशास्त्र और आस्था का विषय है हमारे ब्रह्मांड में चार ऐसी हैं, जिनके कारण सभी आपस में बंधे हुए हैं और सुचारू रूप से ये ब्रह्मांड चल रहा है वो चार शक्तियां हैं नंबर वन स्ट्रॉन्ग फोर्स नंबर टू वीक फोर्स नंबर थ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स हैरानी की अब सवाल ये है कि इन चारों फोर्सेस के बिना बिग बैंग हुआ कैसे कुछ समय पहले स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने भी भगवान को मानने से इनकार कर दिया था उनका कहना था कि जो भी चीजें हैं वो सिर्फ विज्ञान की बदौलत ही हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब डिजाइन में लिखा है कि नेचुरल क्रिएशन ही वो वजह है जो कुछ ना होने की जगह कुछ है ये ब्रह्मांड क्यों है हम क्यों हैं? ये जरूरी नहीं कि हलचल पैदा करने के लिए और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को बुलाया जाए यानी बिग बैंग थ्योरी के पीछे किसी भगवान का हाथ नहीं था तो वही फिजिक्स के सबसे बड़े में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने की की इतना ही नहीं आइंस्टाइन तो हिंदू धर्म शास्त्र भगवत गीता को भी पड़ा करते थे और कहते थे गीता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है साल दो हजार तेरह में हमने जाना की ब्रह्मांड के एटम अस्तित्व का कारण एक पार्टिकल है जिसे हिक्स बोसोन या गॉड पार्टिकल आपस में टकराए तब पार्टिकल की खोज हुई क्योंकि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति का सबसे पहला चरण गॉड पार्टिकल से ही शुरू होता है प्रोटोन के अंदर क्वार के बीच की खाली जगह को हिक्स फील्ड कहते हैं और इस खाली जगह के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें ही हिक्स बोसोन या गॉड पार्टिकल कहा जाता है, यानी वैज्ञानिकों ने भी इसे ऐसा नाम दिया जिससे ये साबित होता है कि कण कण में है भगवान हिक्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड के पास पार्टिकल एक्सिलरेटर में हुई जिसके प्रवेश द्वार पर भगवान नटराज की मूर्ति लगी है वैज्ञानिक भी समय समय पर ईश्वर में आस्था रखते नजर आते हैं पॉल डेविसी नाम के फिजिक्स साइंटिस्ट भी ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते थे उन्होंने नाम की एक बुक भी लिखी है। इससे हम क्या समझे क्या भगवान अस्तित्व में है क्या भगवान के अस्तित्व में होने का कोई सबूत है भगवान या विज्ञान किस पर भरोसा करे ये ऐसे प्रश्न है जो सालों से हम मनुष्यों के बीच चर्चा का विषय बने हैं अगर देखा जाए तो अभी हमारी साइंस अपने चाइल्डहुड में है फिर भी साइंस ने इतने इन्वेंशन कर लिए हैं और यूनिवर्स के उत्पत्ति के रहस्यो को उजागर किया लेकिन फिर भी अभी विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि सभी सवालों के जवाब दे पाए समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जाएगा शायद हमें हमारे काफी सारे सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे विज्ञान कहता है की घटना के घटित होने के लिए किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है बिना किसी कारण के कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती अब सवाल ये है कि बिग बैंग घटना के पीछे कौन सा कारण था अगर हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं तो हम पाते हैं कि हवाई जहाज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं कंप्यूटर टेलीफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट गैजेट्स इन सब चीजों को बनाने के पीछे हम इंसानों का हाथ है हमारे वैज्ञानिकों ने इन चीजों को बनाने में बहुत कड़ी मेहनत की है तब जाकर ये चीजें हम तक पहुँच पाई है वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम पाते हैं कि जो चीजें हम इंसानों ने नहीं बनाई वो प्रकृति की देन है जैसे पेड़ पौधे पहाड़ हवा नदियां सागर जानवर और यहाँ तक कि हम इंसान खुद भी क्या इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण खुद हो गया था या इसके पीछे किसी बुद्धिमानी प्राणी का हाथ है सब कुछ इतना सिस्टमेटिक तरीके से आखिर किसने बनाया होगा देखा जाए तो आजकल के परिवेश में साइंस हम पर हावी है हम बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच से भरी बातें करने लगे हैं कभी विज्ञान कहता था कि उत्तर नहीं होता कुछ साल पहले की बात है वैज्ञानिक जोसेफ नीडहैम ने चीन में टेक्निकल डेवेलपमेंट के बारे में अध्ययन किया वो ये जानना चाहते थे की आखिर क्यों शुरुआती खोजों के बावजूद चीन विज्ञान की प्रगति में यूरोप से पिछड़ गया काफी रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरोप का विज्ञान एक लॉजिकल क्रिएटिव पावर पर विश्वास करता है उन्नीसवी सदी के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने भगवान और विज्ञान में सामंजस्य बैठाने का तरीका ढूंढा कैलविन का मानना था की विज्ञान का पूरा सम्मान जरूर होना चाहिए क्यूँकी मैंने जितना शोध किया है तो मुझे लगता है कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह है ही नहीं अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए करेगा अगर हम सेंस के बात करें, तो लगता है कभी जरूर महसूस होता है लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो लगता है ईश्वर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं दुनिया में ये एक विवादास्पद विषय है मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी धर्मों और समाजों में ईश्वर का अस्तित्व रचा गया है हम बचपन से ईश्वर में विश्वास रखते हैं इसीलिए हम भी ईश्वर को मानते हैं ईश्वर को हम सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं ईश्वर का आकार प्रकार हम मनुष्य ही निर्धारित करते हैं सभी धर्म और मजहब ने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का रूप और आकार रचा है ऐसे में सवाल उठता है कि ईश्वर को हमने रचा है या हमें ईश्वर ने ट्रम्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डाविन ने प्रकृति के सिद्धांतों का विरोध किया साथ ही उन्होंने प्रकृति की रचना में ईश्वर की मौजूदगी के सबूतों को मानने से इनकार किया प्रकृति अपने नियमों को फली सटीक ढंग से निभाती चली आ रही है और अरबों सालों से ये नियम काम करते आ रहे हैं प्रकृति के भी अपने नियम हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता क्या ये नियम सिर्फ इत्तेफाक है ये सब कुछ देखकर ऐसा, ऐसा लगता है इन सब चीजों को बनाने के पीछे कोई डिजाइनर नियम बनाने वाला कोई ऑर्गेनाइजर है तो अवश्य ही कोई क्रिएटर भी होगा विज्ञान की थ्योरी को समझने के बाद भी यही प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड की रचना का कोई ना कोई रचनाकार तो जरूर है वो किसी भी रूप में हो सकता है वो निराकार हो सकता है या कोई कॉस्मिक एनर्जी हो सकती है या इस ब्रह्मांड की कोई अपार शक्ति हो या फिर हमारी सोच से परे किसी और रूप में हो लेकिन वो शक्ति है जरूर इसीलिए विज्ञान भगवान से अलग नहीं और भगवान विज्ञान से दोनों ही एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं वैसे देखा जाए तो साइंस और गॉड की किसी बहस में पढ़ना बेकार है क्योंकि इन दोनों का एक रहस्य है जिसे समझना शायद अभी तक इंसानों के बस की बात नहीं धन्यवाद